हेलो गाइस मैं अमित कुमार आज आपके लिए लेकर आया हूँ माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में कंप्यूटर सर्टिफिकेट कैसे बनाया जाता है उसके बारे में बहुत ही यूनिक जानकारी दोस्तों जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सबसे पहले वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेलाइकन को दबाएँ ताकि आपको हमारी हर वीडियो को नोटिफिकेशन मिलता रहे और आप कंप्यूटर की बेहतरीन से बेहतरीन जानकारी प्राप्त करते रहें और दोस्तों हमारी वीडियो को लाइक शेयर करें ताकि प्रत्येक व्यक्ति कंप्यूटर की जानकारी से अवगत होते रहें सबसे पहले आप विंडो प्लस आर का प्रयोग करके कीबोर्ड से रन के अंदर विनवर्ड टाइप करेंगे फिर ओके करने पर आपके सामने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ओपन हो जाएगा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ओपन होने के बाद आप सबसे पहले पेज लाउट पर क्लिक करके ओरेंटेशन पर क्लिक करके लैंडस्केप पर क्लिक करें साइज ke पर क्लिक करके ए फोर पर क्लिक करें फिर नीचे कॉर्नर पर जूम स्लाइड पर माइनस पर क्लिक करके पेज को छोटा करें फिर पेज बॉर्डर पर क्लिक करके पेज बॉर्डर में नीचे आर्ट पर क्लिक करें आर्ट में आप कोई भी अपनी पसंद का बॉर्डर सेलेक्ट करके ओके करें और आप बॉर्डर में कोई भी कलर अपनी पसंद का सिलेक्ट करके ओके करने पर आपके पेज पर बॉर्डर कुछ इस प्रकार आएगा जैसे यहाँ पे आपके मोबाइल की स्क्रीन पर दिखा रहा है फिर आप इंसर्ट पर क्लिक करके सेस पर कोई भी डिजाइन वाली सेप इस्तेमाल कर सकते हैं जिस प्रकार मैं यहाँ पे ट्राइंगल सिलेक्ट कर रहा हूँ फिर आप ट्राइंगल को शिफ्ट के साथ छोटा करें फिर उस पर कोई भी कलर अपनी पसंद का सिलेक्ट करें जिस प्रकार मैं यहाँ सिलेक्ट कर रहा हूँ एक सेप्स को बनाने के बाद आप कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस माउथ से मूव करने पर इस शेप्स की डुप्लिकेट आ जाएगी फिर उसके बाद आप रोटेट पर क्लिक करके रोटेट राइट नब्बे डिग्री सेलेक्ट करें और आपका ट्राइंगल कुछ इस तरीके से वर्टिकल पोजीशन में बदल जाएगा फिर आप पहली शेप को माउस से सिलेक्ट करें फिर दूसरी सेस पर शिफ्ट के साथ क्लिक करें फिर कंटो प्लस शिफ्ट प्लस करके डाउन पोजीशन करके नीचे इसकी डुप्लिकेट करें कार मैं कर रहा हूँ फिर आप रोटेट पर क्लिक करके फ्लिप वर्टिकल पर क्लिक करने से इसकी पोजीशन वर्टिकल पोजीशन में बदल जाएगी फिर आप कंटो प्लस ई का प्रयोग करके आप जिस भी नाम का सर्टिफिकेट बनाना चाहते हैं वह टाइप करें फिर कंटो प्लस ए का प्रयोग करके आप कोई भी फ़ॉन्ट अपनी पसंद का सिलेक्ट करके उसमें कलर भी दे सकते हैं जिस प्रकार मैं यहाँ दे रहा हूँ और आप लिखे हुए टाइप पे सैडो भी दे सकते हैं सैडो देने के लिए आप कंटो प्लस डी का प्रयोग करें और सैडो पर क्लिक करें आपके फ़ॉन्ट पर शेडो आ जाएगी जिस प्रकार यहाँ आई है दोस्तों मैं आपसे बार बार यही कह रहा हूँ जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सबसे पहले सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें और साथ ही बेलाइकन को दबाए ताकि आपको हमारी हर वीडियो का नोटिफेशन मिलता रहे टाइप करने के बाद आप सेब पर क्लिक करें फिर आप पॉलीगन लाइन सेलेक्ट करें और शिफ्ट के साथ माउस से लाइन ड्रॉ करें माउस से राइट right क्लिक करके एडिट पॉइंट पर क्लिक करें फिर राइट right क्लिक करके स्मूथ करें फिर आप इसी तरह दोनों तरफ से राइट र क्लिक करके स्मूथ पर क्लिक करें स्मूथ पॉइंट पर क्लिक करने के बाद आप लेफ्ट बटन का प्रयोग करके कॉर्नर पर क्लिक करके लाइन को नीचे से ड्रॉ करने पर आपकी लाइन कुछ इस प्रकार कर्व लाइन यानी घुमाऊ रेखा में बदल जाएगी फिर पहली लाइन पर क्लिक करके कंटोशिफ्ट दबा कर इसकी डुप्लिकेट कॉपी करें जिस तरह मैंने ऊपर शेप्स की डुप्लीकेट कॉपी की है फिर शिफ्ट का प्रयोग करके आप दोनों लाइनों को सिलेक्ट करें और शेप आउटलाइन पे क्लिक करके वेट में जाके आप लाइन का साइज़ बढ़ाएं, जिस प्रकार मैं यहाँ पे साइज़ बढ़ा रहा हूँ फिर आप इंसर्ट पर क्लिक करके और कर्व लाइन पर क्लिक करके और माउस से इसकी लाइन के अंदर अंदर ड्रॉ करनी है जिस प्रकार मैं यहां ड्रॉ कर रहा हूं। करने के बाद आप डबल क्लिक करके फॉर्मेट पर क्लिक करके कलर सेलेक्ट करें और सेफ आउटलाइन में नो आउटलाइन करें लाइन में भी आप सेप आउटलाइन पर क्लिक करके कलर दे सकते हैं अपनी पसंद का कोई भी कलर दे सकते हैं जिस प्रकार में हाँ कलर दे रहा हूँ जो लाइन के अंदर सेप बनाई गई है उसको भी आप ग्रेडेंट कलर दे सकते हैं ग्रेडिएंट कलर देने के लिए आप फॉर्मेट पर क्लिक करके सेफ फिल पर क्लिक करके ग्रेडिएंट पर क्लिक करके मोर ग्रेडिएंट में आप पेरसाइट पर क्लिक करके अपना कोई भी पसंदीदा कलर चूज कर सकते हैं और शेडिंग स्टाइल में आप अपने द्वारा कोई भी वर्टिकल डायगोनल अप या किसी भी प्रकार का आप यहां से सेटिंग स्टाइल चेंज करके चूज करके सेलेट करके कलर दे सकते हैं लाइन और सेप्स आपके द्वारा बनाई हुई ग्रेडेंट राइट क्लिक करके ग्रुप करने पर यह सारी ग्रुप हो जाएगी और आप इसको फिर यहाँ से मूव कर सकते हैं घुमा सकते हैं जिस प्रकार मैं यहाँ कर रहा हूँ और आप इसको ऊपर नीचे मूव करके अपनी इच्छा अनुसार अपने टाइप किए हुए मैट के नीचे इसको सिलेक्ट करके घुमा सकते हैं आप ऊपर टाइप किए मैटर के, के लास्ट पर क्लिक करके एंटर मारें एंटर मारने के बाद आप नीचे मैटर टाइप करें जिस प्रकार मैं टाइप करूँ जिससे मैंने स्टूडेंट स्टेट नंबर लिखा है और उसके बाद यहाँ पे सीरियल नंबर इस प्रकार आप टाइप करते जाएं। आगे आप कंट्रोल यू का प्रयोग करके और टैप दबाने से अंडरलाइन आ जाएगी जिस प्रकार यहाँ पे आई है स्टूडेंट नंबर और सीरियल नंबर के सामने फिर आप नीचे टाइप करेंगे जिस प्रकार मैं यहाँ टाइप करूँ सर्टिफाई दैट एंटर का प्रयोग करें फिर आप नीचे टाइप करें सन ओब्लिक डॉटर ऑफ मिस्टर फिर एंटर करें और फिर मैटर टाइप करें आप नीचे लिखे हुए मैटर के आगे अंडरलाइन लगाएंगे। अंडरलाइन लगाने के लिए आप कंट्रो प्लस यू का प्रयोग करके टैप दबाएं। क्योंकि यह जब बाद में आप किसी को सर्टिफिकेट दोगे तो यह सारी चीज़ें पेन से लिखी जाएगी इसलिए आप इन सबके आगे अंडरलाइन लगाएंगे फिर आप एंटर का प्रयोग करें फिर आप कंट्रो प्लस ई का प्रयोग करें और फिर नीचे टाइप करें है सक्सेसफुली पास द एग्ज़ामिनेशन फॉर फिर एंटर करें फिर सर्टिफिकेट इन बेसिक कंप्यूटर जो भी आप जिस प्रकार का सर्टिफिकेट दोगे जो स्टूडेंट जिस प्रकार का कोर्स करेंगे आपको वह उस प्रकार का सर्टिफिकेट इन जो भी कोर्स हो वह टाइप करेंगे जिन स्टूडेंट ने जितने मंथ का कोर्स किया है जैसे सिक्स मंथ वन ईयर तो आप यहाँ पे एंटर मार कर और नीचे टाइप करेंगे जिस प्रकार मैं यहाँ टाइप करूँ सिक्स मंथ फिर एंटर करें फिर कंटू प्लस एल करें फिर आप कोर्स एंड हैज़ ओपटेंड द ग्रेड टाइप करें फिर कीबोर्ड से टैप का प्रयोग करें और बीच में यहाँ पर ए ग्रेड लिखें टैप का प्रयोग करें फिर हेल्ड इन टाइप करें और फिर स्टूडेंट ने जिस मंथ में कोर्स किया है वह मंथ यहाँ पे टाइप करें और जिस ईयर में कोर्स कंप्लीट किया है वह ईयर लिखें फिर आप इंसर्ट पर क्लिक करके और टेबल सेलेक्ट करें स्टूडेंट ने जितना कोर्स किया है उसके हिसाब से आप यहाँ पे टेबल क्रिएट करेंगे और फिर इसके अंदर टाइप करेंगे जिस प्रकार मैं यहाँ टाइप करूँ मॉडल्स फिर कंप्यूटर फंडामेंटल और बेसिक फिर दूसरी रो में आप टाइप करेंगे एमएस ऑफिस नेक्स्ट कॉलम में लिखने के लिए आप टैप का प्रयोग करेंगे टैप का प्रयोग करने से आपका कर्सर दूसरी तीसरी रो और कॉलम में पहुँच जाता है आपके पेज पर जो ब्लैक कलर का ऑप्शन बिलिंकिंग करता है उसे कर्सर कहते हैं फिर आप एम ऑफिस के प्रोग्राम एम वर्ड एम एक्सेल, एक्सएल एम पावर पॉइंट टाइप करेंगे फिर आप तीसरी रो में टाइपिंग टाइप करें फिर टैप का प्रयोग करें फिर इस्टूडेंट ने जो भी टाइपिंग की है हिंदी इंग्लिश, वह इसमें टाइप करें यदि आपका टाइप किया हुआ मैटर एक पेज पर पूरा नहीं आता है तो आप शब्दों को सिलेक्ट करें और कंट्रोल वन का प्रयोग करें यदि आपकी ड्राइंग की हुई सेप्स का साइज़ ज़्यादा बड़ा होता है तो आप उसको सिलेक्ट करके छोटा भी कर सकते हैं हल्का सा आप इसे ऊपर घुमा भी सकते हैं और मूव कर सकते हैं और उसके बाद खाली जगह पर आप लिखे हुए टाइप के मैटर के ऊपर क्लिक करके और कंट्रोल के साथ पी के बराबर में जो ब्रैकेट होता है उसको दबाने से आपके टाइप किए हुए मैटर ऊपर की तरफ और चलेंगे उससे आपका जो है पेज पर लिखने की जगह काफ़ी बचेगी फिर आप डेट ऑफ ई टाइप करें कंट्रो प्लस यू का प्रयोग करें और टैब दबाएं और अंडरलाइन लगाएं फिर टैब दबाएं फिर डायरेक्टर सिग्नेचर टाइप करें यदि आप पूरे सर्टिफिकेट पर एक ही फ़ॉन्ट का स्टाइल टाइप कर देते हैं या सिलेक्ट कर देते हैं तो आप उनको अलग अलग भी फ़ॉन्ट स्टाइल में बदल सकते हैं आपको जिस भी तरह का फ़ॉन्ट स्टाइल चेंज करना है तो आप वह लिखा हुआ मैटर सेलेक्ट करेंगे फिर आप फ़ॉन्ट पर क्लिक करके फ़ॉन्ट स्टाइल में फ़ॉन्ट चेंज करेंगे जिस प्रकार मैं फ़ॉन्ट चेंज कर रहा हूँ Go. Come on, baby. Go. Baby. Come on. खमान खमान hey, hey. पूरा मैटर टाइप करने के बाद आप अपने कीबोर्ड से कंट्रो प्लस एफ़ का प्रयोग करेंगे कंट्रो प्लस एफ का प्रयोग करने से प्रिंट फ्री ऑप्शन आता है प्रिंट फ्री ऑप्शन इसलिए देखते हैं कि टाइप किया हुआ मैटर पूरे एक पेज पर आ रहा है फिर आप पूरा सर्टिफिकेट टाइप करके बना के ड्राइंग के द्वारा कंट्रो प्लस एस का प्रयोग करके अपना सर्टिफिकेट सेव कर सकते हैं जिस प्रकार मैं यहाँ डैमो सर्टिफिकेट सेव कर रहा हूँ दोस्तों हमारी वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो उसे लाइक शेयर और कमेंट जरूर करें और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि आपको हमारी और बेहतरीन वीडियो देखने को मिले आपका दिन सुबह हो